अरे गुड़िया देख रहा है, देख रहा है रहा है है है देख भैया कितना बना रखा लेकिन मेरी नहीं रही समझ रहे हो मेरी मेरी मुझे ही पता है मेरी गाना भी चल रही है कैसे <laughs> <laughs> तो आज हम खेल रहे हैं ग्रैनी जिसका मैंने बहुत दिनों पहले ऑप्शन है खेलेंगे ठीक है ना अभी होता है भैया का का यार साउंड लेवल देख रुको, रुको, मैडम जी फिर से बोलो आ, तो तो तो मतलब होता है है बुरे बुरे सपने तो गेम कहना अगर तो बुरे सपने आते तो ये गेम गेम गेम चाहता तुम्हें आते ये ना अगर <laughs> तो कोई नहीं स्टार्ट द मजा आएगा गया ना, क्या बताओ मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा भाई कट कर देता मैं रखा था कि भैया बजे मेरे को बनाना है वीडियो लेकिन बना पहले उठिया में दो से ढाई साल पहले खेला था भाई और दो से ढाई साल बहुत होते है यार गाड़ी कहाँ पे रहती है यार चलो अरे कुछ आवाज नहीं किया था मेरे ख्याल से चलो साउंड बना देते हैं मेरे, मेरे ख्याल से मैंने आवाज नहीं किया था यार ज्यादा अरे, अरे भाई अरे अमृत बढ़ गई राफिस की तो पूरी माँ बहन दो चार कर दिए भाई। भाई, मैं सही बता रहा मेरी गांड थोड़ी थोड़ी फट रही है भैया। क्या तो, क्या तो मेरे साथ आएगी तो मैं पहले जाता हूँ ये गैसो लाइन है क्या हाँ सब कुछ एक जगह पे फेंक के आते हैं हम लोग पहले तो पहले हम ड्रॉप करते -फट, -फट पीछे -पीछे बंदगी फट जाए बहन की अरे मेलन मेलन दे दिया भैया। लेमन जो भी हो। तुम आवाज कर लो यार जिंदगी में आवाज ही तो करना है तुमको कुछ कुछ तो और काम है नहीं तुमको आ, तुम भी कर ये की ये कैसा तो है भाई बढ़िया अरे क्या बात है भाई मैंने तो सिर्फ चाबी का कलर और डिस्क का कलर मैच मैच किया था मैंने सिर्फ चाबी का कलर और अपना ताले का कलर मैचिंग किया था बस कि नीला नीला है दोनों ग्रीन ग्रीन आई मीन स्पेशल की ये मुझे मुझे पता ही कहा तो हम जाएंगे अभी स्पेशल की के पास अरे का में, भाई, औरे। भैया यार मैं कंप्लीट करूंगा मैं पुलिस वाले को यार मैं काम करता हूं मैं ट्रैक चला वो जैसे ही आते हैं कि मैं होल से निकल भागूंगा अब तो बस देखो कल से इसके मां का बहन का नाना का तांग करता हूं बस तुम देखो आ गया क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री आया एकदम माइंड ब्लोइंग लेकिन यार आपको बहुत-बहुत हैप्पी ईयर हो 2020 तो कट गया हमारा 2020 में सब कुछ बहुत लोगों तो का कट गया बहुत लोगों तो का नहीं कटा मेरा तो बहुत कटा भाई लेकिन आई होप 2021 ना हो ऐसा क्योंकि दो हजार अरे अरे अरे, अरे अरे अरे भाई! भाई? फेयर यार। क्या क्या क्या मेरे को सजा देगी? पिंजरे में बंद करेगी करेगी ये? किधर है? मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं नहीं कर कर पा पा रहा। रहा। भाई कंट्रोल अरे अरे अरे! ऐसा मारूंगा ना साली पान खाने वाली है। भैया मेरी गांड फट गई यार। ओके okay, डे फिर से चालू एंड माय गांड थोड़ा थोड़ा फटिंग। अंडरस्टैंड। <laughs> <you understand? understand? laughs> oh, oh, oh. इसका बड़ा मस्त लगता है मेरे की हाँ यहाँ पर बंदा अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत कुछ कर लो ठीक है ना I mean, मैं जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ लो होने नहीं वाला मेरे से मुझे भी पता है लेकिन ट्राई करूंगा मतलब वाह गया मैंने बोला आवाज मत करो घंटा ही बज गया पेपर स्प्रे ये के ऊपर मारना पड़ता है आजा। आ आ तेरा एक दिन मेरा एक दिन दिन मेरा तुम्हारे अम्मा का जाए ओ ओ भाई, ओ भाई भाई मैं जैसी स्प्रे मारने वाला था ये गए काट लिया अरे, अरे अरे अरे अरे भाई इसको कैसे पता चल रहा है यार अरे भाई भागो, भागो। बागो भाई मुझे हाँ, मुझे तेरे साथ बंद कमरे में खेल मुझे खेलना है है खेलना चोर गांड लेकिन अरे ये क्या है अरे हाँ ये वो नहीं रहता है वो इसके पे? ये कैसे है लौंडा ये लौंडा इस बोर्ड को कैसे Okay, कोई ना यहाँ पे एक लड़की फंसी थे भैया पहले सलाम है लड़का होकर मेरी गाड़ फट रही है लड़की की तो एकदम मतलब मतलब लड़की की तो मतलब क्या ही बोलू मैं अब <laughs> लड़काओं के मेरी गांड फट रही है लड़की को मतलब भैया क्या ही बोलो याद दो समझने वाले समझ गए है ना समझ आए ना क्या समझे तो फटाफट तुम तुम आवाज कर लो यार, तुम आवाज यार अभी अभी देखो अभी देखो ये नहीं जब साला मैं आवाज भी नहीं करता तब तो ये लौड़ी आती है अब मैंने इतना मतलब पूरा दरवाजा खोल दिया लेकिन आवाज नहीं हो सब अब तो आजा क्योंकि वो आएगी तो मैं यहां से कूदेगा ना भाई क्या पता सलाह पे आ गई मालिक है अल मेरा अगर बस चलता ना भाई मेरा अगर बस चलता ना इसका बैट ऐसा खींच के मारो इसके टांगों पे इस ग्री से गांड मार लूंगा बच्चा लो इसको मेरे से गांडीट मार लूंगा चिल्लाने लग जाएगी हिला हिला लेकिन मेरे उंगली ठंडी गिराना यहाँ पे कि उंगली एकदम जम चुकी है मैं ऐसा ऐसा हिला रहा था भैया ये हिल रहा नहीं था पाउडर लगा के खेलना पड़ेगा मेरे को फील हो रहा है यार ग्रानी जैसे गेम के लिए अगर पाउडर लगा के खेलना पड़ेगा तो भैया हो गया हो गया बन गया मैं पायरों तुम इसको पकड़ूंगा माधर चोर ये ये ये ले लेता हैमर भाई भाई हुई हुई ना ना ना कुछ कुछ बात। बात। अब बस देखो हतोड़ी पे पे से मारूंगा ना उसके। इसको इसको पकड़ के इससे इसके उस सिर पे जो मारूंगा ना याद रखेगा। नाम का बंदा आया था मेरे गाँव में हथोड़ी दिया था उसने क्रिसमस भूलि यार्यू ईयर आप सभी को वेरी वेरी एकदम गया। मुझे इस इस गेम गेम का का रूल रूल पता चल गया। इस गेम का रूल है, अगर अगर तुम तुम बच्चे की जान ना ले पाओ, पाओ तो गां मतलब फट जाएगा नहीं लेकिन गांध तो फट गई नाती मतलब यार क्या बताओ ए माता जी चला बैठे बैठे निकल रहा हूं मैं इतना डर गया अरे माता छोट यार, अरे यार इसको ओ ओ ओ भाई ऐसा डबा के, के रखा था वो अपने फिर से पीछे चला गया पता नहीं मेरे उंगली की माँ बहन मर गई क्या भागा ना मैम मैं, मैं शायद से पूरा एक इंच के लिए बच गया जहां तक मुझे पता मे शायद से एक इंच के लिए बच गया सिर्फ यहाँ पे कंकाल रहता है इस साइड मकरी का खाना वो देखो शॉर्ट गन चाहिए रहेगा मैं पे मारूंगा तो मकर का खाना मिलेगा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम। मैं अगर पे चुपा बैठा तो वो क्या मुझे देखती है? ठीक देखती है क्योंकि देखती है वो साउंड आना मुझे घूम गए और ओके अब मैं मिलन लेके भाग जाऊंगा फटाफट अरे हटो ना मादर गांड फटी पड़ी है यार यहां पे ओके ये क्या मिल गया यार अरे उठा राघल में दिमाग, दिमाग, दिमाग आ गया है नहीं तो पहले खोखला था इसके अंदर भाई फिर से पांचवे दिन में पहुंच गया और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरे को क्या करना है क्योंकि मैं जैसी कुछ करने जा रहा हूँ कुछ मिल रहा है मुझे वैसी मेरी गाढ़ फर दी जा रही है और मैं सही बता रहा हूँ ये चुहा अगर मुझे कभी पीछे वाले हवेली में मिल गया ना One man show इस चुबे के साथ मेरा. One man show. कोई आएगा नहीं रोक के लिए. क्यों कर रहा यार? क्या यार यार ये ये क्या है? अरे की की सब दे दो यार, मतलब की चाहिए मुझे में गांड फाड़ फटाफटेंगे सबकी तो लगेगा क्या पे कितना बड़ा चूतिया इंसान तो को. तो मैं मैं समझूंगा कि भाई भाई हाँ भाई आपको ग्रानी का सेकंड पार्ट चाहिए और अगला अगला अगला गेम गेम मेरा मेरा वीडियो वीडियो वीडियो ये ये वाला वीडियो आने वाला आने अब अब तुम अब तुम जान लो भाई ये कौन सा गेम है इसका पाना थक के आएगी वो ग्री लाल भी नहीं था मेरे का सही बता रहा चलो यार बाग। मत बाग, मत बाग, मत बाग, मत बाग, मत भाग भाग भाग भाग भाग नहीं जा रहा था नीचे ऐसा चूतिया लोग भी होते वैसा मुझे पता है कि मैं चूतिया हु लेकिन मेरे से चूतिया लोग भी होते यार फेंक दिया मैंने फेंक दिया देखो यार मेरे को बुरा लेने में कोई डर नहीं लगता जो साउंड बचता है ना भाई उससे डर लगता है मुझे साउंड से डर लगता है भाई। इतना गजब साउंड है यार। तुमको शायद साउंड उतना नहीं आ रहा होगा लेकिन मेरे कान के पर्दे फाड़ने कान की प... गांड फाड़ने लायक साउंड है समझ रहे हो? कान की गांठ फाड़ने रिंगारिंग रोजा खेलते तो साउंड कम सुनाई दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता सॉरी लेकिन मैं अभी से उठाने वाला हूँ एक काम करता हूँ इसको थोड़ा कमा देता हूँ ठीक है आ जा मेरी नानी अरे ये बूढ़ी गांड आती आगे अरे अरे क्या वाउ इज दिस पॉसिबल भाई मेरे दिल की धक-धक सुन पा रहे हो तुम भाई मैं अंदर था हाउ इज दिस पॉसिबल ये मैं चोर ऐसी गाड़ मारूंगा ना तेरी हाथ का दिखा रही तेरा हाथ पकड़ के डुम पे हिला दूंगा मैं ठोकने वाली है क्या अरे रैप करो यार रैप करो गाढ़े फाड़ दी <laughs> रुको बेटा तुम्हारी हमें गाड़े फाड़ेंगे फिर चिल्लाने लगोगे तुम रुको, फट चुकी है। लेकिन आपको अगर इसका बहुत जल्दी कल तो नहीं आगे परसो आएगा चलो मजाक मिलते हैं एक और अगले गेम प्ले वीडियो में तब तक ये बाय मेरे। बाय